आज पटना प्रखंड साहेबगंज जिला के पटना प्रखंड में ऑल चिकी के विरोध में पुतला दहन किया गया और सलखान मुर्मू और चिकी के समर्थक का पुतला दहन किया गया ये देख सकते हैं कितने जगह लोग आए हैं ये लोग देवनगर के समर्थन में हैं और देखिए किस तरह से ये लोग फिट रहे हैं ऑलचिकी समर्थकों का बाइक चलो सर रमेश दा आज यहाँ साहेबगंज जिला के पतना प्रखंड में जो सीएम का निर्वाचन क्षेत्र है यहाँ आप लोगों ने पुतला दहन किया तो क्या कारण है कि आप लोग ओल चिकी विरोध कर रहे हैं देखिए ओलचिकी का जो विरोध है उसका मुख्य कारण ये है कि संताल परगना और मयूरभंज जो मयूरभंज उड़ीसा में स्थित है जहाँ उल्ची की लीतु तैयार हो गया है दोनों के बीच उतना ही दूरी है जितना कि देश के में एक राज्यों के गठन में दूरी है जैसे बंगाल से आप बिहार को देख लीजिए बिहार से झारखंड को देखिए भाषा आधार पर हर एक राज्य की दूरी तीन से चार सौ किलोमीटर लगभग है तो ये जो 400 किलोमीटर या 500 किलोमीटर की दूरी है उतना ही अंतर में है तो ये जो अंतर है संताल परगना और मयूरभ के बीच में तो इस कारण से यहाँ भाषा और बोली में भी बहुत अंतर हो जाता है जैसा कि हम जानते हैं भाषा विज्ञान में कि सौ कोस में भाषा बदले और 10 कोस में बोली तो बोलियाँ कुछ ही किलोमीटर पर बदल जाती है और भाषा कुछ सौ किलोमीटर पर बदलती है तो इस कारण क्या है कि जो वहाँ लिपि तैयार हुई है वह यहाँ संतान परगना के बोली और भाषा के अनुरूप नहीं है क्योंकि संतान परगना में काफ़ी पहले से आ, संताली की पढ़ाई होती आ रही है प्राइमरी से कॉलेज के स्तर तक और इसका पाठ्यक्रम भी है और हम सब जानते हैं कि जो पाठ्यक्रम बना है या जो पुस्तकें हैं वह देवनागरी और रोमन लिपि में पहले से मौजूद है फिर एक नई लिपि का को यहाँ थोप देना या डाल देना इससे यहाँ के बच्चों का